वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको